माँ भारती को वंदन आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे वृषभ राशि के जातकों का कैरियर राशिफल 2020 जी हां कैरियर कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तो इस जीवन को कैसे आप चलाएंगे अपने परिवार को आप कैसे चलाएंगे तो वृषभ राशि के जातकों दो में कैरियर आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है साथ ही साथ दर्शकों करियर में चार चांद लगाने के लिए या अभी तक आप बेरोजगार हैं और 2020 में नौकरी चाहते हैं और नहीं मिल पा रही है तो उपाय क्या हैं इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और दर्शकों बने रहिएगा अंत तक प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना कोई भी टॉपिक यदि आपसे छूट जाएगा तो फिर बाद में आप जो है फिर से देखेंगे आपका ही समय इसमें जो है नष्ट होगा तो चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए जो है हम अपनी चर्चा को आगे आगे बढ़ा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए करियर राशिफल दो हजार संकेत कर रहा है कि ये साल आपके लिए करियर के मामलों में कुछ चुनौतियाँ लेकर के आने वाला है अब चुनौतियाँ ये किस चीज़ की रहेगी देखिए चूंकि कर्म भाव के स्वामी शनि रहेंगे इनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा वर्ष की प्रथम तिमाही के लगभग अंत में गुरु के राशि परिवर्तन के साथ ही भाग्य स्थान में शनि व गुरु की देखिए युति रहेगी ये समय भी आपके लिए कई बेहतर अवसर लेकर के जो है आएगा स्टार्टिंग में देखिए जुपीटर के साथ शनि जो है चौबीस जो है जनवरी तक की धनु राशि में शनि और जुपिटर ये गोचर कर रहे हैं चौबीस जनवरी के बाद शनि मकर राशि में संचरण करेंगे इस समय आपको दोस्तों से परिजनों से नजदीकी रिश्तेदारों से करियर संबंधी कुछ अच्छी एडवाइस या सलाह भी मिल सकती है चूंकि निजभंग राजयोग का लाभ आपको इस समय मिलेगा ही मिलेगा जिससे करियर में सफलता के योग इस समय आपके लिए बनेंगे नौकरी पेशा के लिए ये जो साल रहेगा कुछ मिला ही रहेगा बहुत अच्छा तो नहीं सकते हैं ना ही बहुत बुरा कहेंगे लेकिन एवरेज रहेगा, लेकिन साल की शुरुआत में, में, में कुछ आपको परेशानियां आप तो बयानबाजी से बचिएगा किसी भी प्रकार के अनैतिक माध्यम से जो धन होते हैं इसको आप लोग मत लीजिएगा अन्य कोई दोषारोपण हो जाएगा कोई ब्लेम हो जाएगा बताना चाहेंगे कि नौकरी पर आपको बहुत अधिक इस साल ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी अपने प्रोजेक्ट या काम करने में जो तय समय सीमा आपने रखा है इसको जो है आप लोग समाप्त करने का प्रयास करें अन्यथा आपके ऊपर कोई राजदंड या कोई पेनाल्टी लग सकती है साल के अंत में आपकी सैलरी में वृद्धि या आपको किसी नई कंपनी में देखिए नौकरी मिल सकती है जी हाँ किसी मल्टी कंपनी में भी वृषभ राशि के जातक जा सकते हैं 11 और 14 मई को शनि व गुरु वक्री हो रहे हैं इस समय कामकाजी जीवन में कुछ आपके अंदर धीमापन आ सकता है इस समय भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा स्वयं पर विश्वास करिएगा मेहनत करते रहिएगा जो उपाय बताएंगे वो उपाय करिएगा यही आपके लिए सबसे उपयोगी साबित होगा जून में वक्री गुरु शनि का साथ छोड़ पुनः धनु राशि में चले आएंगे जिससे आपके अटके हुए कार फिर से अपनी स्पीड में पकड़ सकते हैं लेकिन सही मायनों में यदि हम बात करें तो राहत आपको सितंबर के लगभग मध्य में मिलने वाली है जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो सितंबर के मध्य में आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है सितंबर के मध्य में आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने करियर में आगे जो है कदम बढ़ाएंगे अतीत में किए गए प्रयासों से की गई मेहनत का फल आपको इस समय मिलेगा ही मिलेगा वृषभ राशि के जातकों सितंबर माह के अंतिम दिनों में जो राहु का राशि परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है ये जो है आपकी प्रतिभा को बढ़ाएगा आपकी प्रतिभा को निखारेगा आपके लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का ये अवसर जो रहेगा ये बहुत दिनों बाद आ रहा है और आप लोग इससे चूकीेगा नहीं आपके अंदर जो भी टैलेंट है कोई बहुत बड़े मतलब जो है आप फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा सकते हैं गायन के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं या आप लोग कॉमेडी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं डांस के क्षेत्र में नृत्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो जो भी आपकी रुचि है उसमें आपका करियर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वृषभ राशि के जात को कार्यस्थल पर आपका इस साल प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा सितंबर के बाद से जो जातक विदेश में या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से उच्च शिक्षा या कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे एमबीए हो गया बीबीए हो गया करने की इच्छा रखते हैं फॉरन जा कर के करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव समय रहने वाला है सितंबर के अंतिम दिनों में शनि का मार्गी होना आपके लिए सौभाग्यशाली रह सकता है आपके कार्य अपनी गति पकड़ेंगे इसके साथ साथ जो राजपक्ष का आपके ऊपर दबाव था वो कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वर्षांत तक का समय आपके लिए अच्छा रहने के जो है संकेत कर रहे हैं कुल मिलाकर के यदि हम वृषभ राशि के जातकों के बात करें वन वर्ल्ड में कंक्लूजन दें तो ये साल मध्यम रहेगा किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य मत करिएगा अन्यथा आप लोग फंस भी सकते हैं वृषभ राशि के जातकों वार्षिक राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है तमाम भविष्यवाणियां जो हम करते हैं लगभग नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट सत्य सटीक होती है आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं हमारी भागीरथ श्रृंखला जो लोग सक्सेस होते हैं वो लोग आ कर के हमारे चैनल पर एक भागीरथ श्रृंखला का क्रम बन रहा है तो उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं इसके साथ साथ जो ग्रहों का गोचर और राशि परिवर्तन रहता है हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है आप लोग जा करके देख सकते हैं और एक बात बताएं दर्शकों ये तो वृषभ राशि है करोड़ों लोगों की राशि है आपकी कुंडली में पर्टिकुलर ग्रहों की स्थिति क्या है क्योंकि ये जो राशि है ये चंद्र राशि पर आधारित है तो आपकी कुंडली में ग्रहों की गोचर की स्थिति क्या कह रही है वो आप विश्लेषण करवा कर ही दिखा सकते हैं जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं नेत्र में कोई बिकार आ गया आई स्पेशलिस्ट के पास गए दांतों में आ गया डेंटिस्ट के पास आप चले गए फीवर हो गया डॉक्टर के पास चले गए तो इसी प्रकार से जब आपका भाग्य आपका साथ ना दे तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप ज्योतिषी के पास जाए जिस प्रकार जब शरीर में कोई व्याधि आ जाती है अपने आप सही नहीं होती है उस चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है उसी प्रकार जब आपके भाग्य में किसी प्रकार की रुकावट आती है किसी प्रकार की व्याधि आती है तो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है देखिए दर्शकों ज्योतिष विद्या सही होती है लेकिन ज्योतिषी नहीं सही होते हैं लगभग इस फील्ड में नब्बे ज्योतिषी हम आपको बता दें कि झूठ बोलते हैं आप लोगों को ठगते हैं दस ही परसेंट ऐसे बचे हुए हैं महानुभव लोग जो कि वास्तव में जो है ज्योतिष कहने ज्योतिषी कहने के लायक हैं तो दर्शकों अब आप लोगों को जज करना हम यहाँ पर कोई अपने आप को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं पहुंचे हैं आपकी इच्छा होगी आप आएंगे आपके कुंडली देखेंगे उपाय बताएंगे नहीं इच्छा होगी लेकिन आप दूसरे के पास जरूर जाइए अगर हमारे पास नहीं आते तो किसी योग्य ज्योतिषी के पास आप जा सकते हैं उनसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं दूसरा दर्शकों उपाय पर चलते हैं कि उपाय क्या करना रहेगा वृषभ राशि के जातकों को इस साल देखिए सबसे पहले आपको करना ये रहेगा कि सोमवार वाले दिन अनार का रस ले लीजिएगा और महीने में दो सोमवार को आपको एक शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार होगा दूसरा कृष्ण पक्ष का प्रथम सोमवार होगा और शिवलिंग पर नमा शिवाय मंत्र से आपको अनार के रस से अभिषेक करना रहेगा ये पहला उपाय है बहुत ही अच्छा उपाय है दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा आपको अपनी हाइट के बराबर एक धागा लेना है जितनी आपकी लंबाई है आप किसी वाल पर जाइए खड़े हो जाइए और वहाँ पर जो है आप पेन से या मार्कर से या पेंसिल से कोई भी आप निशान लगा सकते हैं और हाइट के बराबर का धागा लीजिएगा कच्चा सूत आता है वाइट कलर का ये आपको लेना है आपकी हाइट के बराबर का और कब लेना है ये आपको लेना है फ्राइडे वाले दिन शुक्रवार वाले दिन ये क्रिया करनी जो अब हम बता रहे हैं और एक किसी पात्र में थोड़ा सा केसर निकाल लीजिएगा और गंगा से उसको अच्छे से जो है आप मिला करके वो कलर कर लीजिएगा तो वो जो धागा आपका रहेगा उस धागे में आपको जो है वो केसर डाल करके अच्छे से आपको लाल कर लेना है और उस धागे को पूरे वर्ष प्रयत्न अपने पास आप सुरक्षित अपने पर्स में रख सकते हैं पूजा के स्थान पर रख सकते हैं अपने लॉकर में रख सकते हैं या जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख सकते हैं या यदि आप नॉन वेज नहीं खाते हैं एल्कोहल नहीं लेते हैं तो आप अपने हाथों पर बांध सकते हैं शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार रहेगा सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में ये उपाय करना जो है होगा और सारी चीज़ें हमने लगभग बता दी आपकी हाइट के बराबर धागा रहेगा केसर गंगा जल से आप पहले जो है अच्छे से उसको जो है कलर कर लीजिएगा धागे को उसमें कलर करके अपने पास आप उसको रख सकते हैं अपने हाथ में बांध सकते हैं इसका प्रभाव आपको इसका रिजल्ट बड़ा त्वरित देखने को मिलेगा तीसरा एक प्रयोग हम बता रहे हैं नित्य यदि संभव हो तो सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके एक बार गायत्री मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो यकीन मानिए दर्शकों जो भी विघ्न जो भी बाधाएँ आ रही होंगी वो आप इतनी मतलब जल्दी दूर होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा महीने भर के अंदर आप इसके रिजल्ट देख लेंगे तीसरा को देखिए रोने की आदत आप लोग छोड़िए कि पंडित जी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा आप लोग सही से प्रयास नहीं करते उपाय आपने जो है दो दिन चार दिन पंडित जी से बात करने के बाद जो है उपाय करना स्टार्ट कर दिया और चार दिन के बाद उपाय आपने बंद कर दिया तो कहाँ से सही होगा पूरा कोर्स होता है तीन महीने छह महीने एक साल का यह कोर्स होता है आप लोग तीन महीने एटलीस्ट किसी उपाय को नब्बे दिन का तो कम से कम आप लोग समय दीजिए अगला बताना चाहेंगे दर्शकों कि आपकी कुंडली में कैरियर के ग्रहों की क्या पोजीशन है कैरियर के लॉर्ड किस अवस्था में है सब डिविजनल चार्टेज में किस अवस्था में है किस नक्षत्र में है ये भी देखना बड़ा विचारणीय होता है तो अपनी कुंडली दिखवा करके आप लोग और भी उपाय हमसे प्राप्त कर सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए उम्मीद करते हैं दर्शकों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया होगा और जय श्री राम का उद्घोष भी कर दिया होगा वार्षिक राशिफल 2020 जा करके देखिए अंक ज्योतिष के अनुसार जो है राशिफल देख सकते हैं जा करके और दर्शकों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बगल में बना बेल आइकन भी दबा सकते हैं क्योंकि जब हम लाइव होते हैं उस समय फिर हम फ्री में कुंडली देखते हैं किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं तो लाइव अगर हम आएंगे तो कैसे आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन आना चाहिए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना अति आवश्यक है इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को नव वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाते हैं जय हिंद वंदे मातरम